सिंगरौली में, में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं वहीं हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर देखने को मिल रहा है हड़ताल की वजह से स्टाफ के न होने के कारण एक महिला का प्रसव अस्पताल के द्वार पर हुआ चितरंगी जनपद अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र करौदिया में हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है हड़ताल के चलते अस्पताल के द्वार पर महिला का प्रसव हुआ प्रसव के समय स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था प्रसूता दर्द से तड़पती रही नवजात बच्चा खुले में पड़ा रहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था मरीजों को एक तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर आए दिन हो रही हड़तालों से आपको बता दें जिले के सात संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है सब कुछ अब प्रभु भरोसे है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें